एक दिन की बात है सभी कर्मचारी कार्यालय पहुंचे और उन्होंने दरवाजे पर एक बड़ी सलाह देखी जिस पर लिखा था कल इस कंपनी में आपके विकास में बाधा डालने वाले व्यक्ति का निधन हो गया हम आपको अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं जिसकी तैयारी जिम में हुआ है शुरुआत में वे सभी अपने एक साथी के मौत से दुखी हुए लेकिन थोड़ी देर बाद उनमें यहाँ जानने की उत्सुकता होने लगी की वह आदमी कौन था जिसने अपने सहयोगियों और कंपनी के विकास में बाधा डाली। जिम में उत्साह ऐसा था कि सुरक्षा एजेंट्स को कमरे के भीतर भीड़ को नियंत्रित करने का आदेश दिया गया था। जितने अधिक लोग ताबूत के पास पहुंचे, उतनी उत्साह बढ़ने लगी। सभी ने सोचा, "यह आदमी कौन है जो मेरी प्रगति में बाधा डाल रहा था? अच्छा हुआ, कम से कम वह मर गया।" एक-एक कर कर कर्मचारी ताबूत के करीब आते गए और जब उन्होंने अंदर देखा तो वे अचानक दंग रह गए। वे ताबूत के पास खड़े थे। चौक गए और खामोश हो गए जैसे कि किसी ने उनकी आत्मा के सबसे गहरे हिस्से को छू लिया हो ताबूत के अंदर एक दर्पण था जो भी उसके अंदर देखता वह खुद को देख सकता था दर्पण के बगल में एक चिन्ह भी था जिस पर लिखा था केवल एक ही व्यक्ति है जो आपके विकास की सीमा निर्धारित करने में सक्षम है वह आप है आप ही एकमात्र व्यक्ति है जो आपके जीवन में क्रांति ला सकते हैं आप अकेले व्यक्ति है जो आपकी खुशी आपकी प्राप्ति और आपकी सफलता को प्रभावित कर सकते हैं आप अकेले व्यक्ति हैं जो अपनी मदद कर सकते हैं जब आपका बॉस बदलता है जब आपके दोस्त बदलते हैं जब आपका साथी बदलता है जब आपकी कंपनी बदलती है तो आपका जीवन नहीं बदलता आपका जीवन बदल जाता है जब आप बदलते हैं जब आप अपने सीमित विश्वासों से परे जाते हैं जब आपको पता चलता है कि आप ही अपने जीवन के लिए जिम्मेदार हैं सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता जो आपके पास हो सकता है वह है खुद के साथ है इसलिए इससे हम यही समझते हैं कि दुनिया एक दर्पण की तरह है यहाँ किसी को भी उन विचारों का प्रतिबिंब देता है जिन पर किसी ने दृढ़ता से विश्वास किया है दुनिया और आपकी वास्तविकता एक ताबूत में पड़े दर्पण की तरह है जो किसी व्यक्ति को अपनी खुशी और सफलता की कल्पना करने और बनाने की उसके दिव्य क्षमता की मृत्यु को दिखाती है जिस तरह से आप जीवन का सामना करते हैं उससे ही फर्क पड़ता है धन्यवाद अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए स्टे हैप्पी